नमस्कार दोस्तों जस्ट फार्म में आपका स्वागत है मैं अमित आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें कि हम देखेंगे सामी वालों ने कुछ दिन पहले हमें एक अपडेट उपलब्ध किया गया था जिसका भी अभी भी स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट हो रहा है वो है एम आई टेन जिसके लिए पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत से चर्चे थे कि एम आई कैसा होगा कैसा होगा कैसा नहीं होगा इसके लिए अभी एम ने नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्यूचर में लॉन्च करने वाला है वो है एम आई जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो उसी के एगर मैं आज कुछ सर्च कर रहा था गूगल में तो एम आई वाई टेन का जो अपडेट आने वाला है कि किस किस को मिलने वाला है इसका डिटेल्स क्या है कितना देरी तक आएगा ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो फर्स्टली एम आई वाई का जो टेन जो ये था अपडेट था वो हाल ही फिलहाल हमको उपलब्ध हुआ है लेकिन जो है एम वाई इलेवन वो अभी हमको उपलब्ध होगा वो है 40 प्लस डिवाइस के लिए वो उपलब्ध करवाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो MI आई जो है वो 40 40 प्लस प्लस के के लिए, उप, के लिए डिवाइस वो उपलब्ध करवाएंगे जिसमें आपका MI Poco पोको एंड रेडमी स्मार्टफोन का सीरीज अवेलेबल होगा ये पर आप देख पा रहे हो ये ये भाई MI का, Poco का Poco और एक एक बात जो Xiaomi वाला ने यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि Redmi का जो Redmi Note 3 जो डिवाइस है उसके लिए एम आई वाई टेन अपडेट नहीं उपलब्ध किए जाएंगे तो एम 11 जो कि Redmi Note 3 के लिए उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे तो उन लोगों के लिए तो सो बैड न्यूज़ है लेकिन बाकी जो डिवाइस है MIY का मतलब सॉरी Redmi का उसके लिए एम 10 वाई उपलब्ध किया जाएगा यहां पे जो Redmi या फिर Xiaomi का जो फ्लैगशिप फोन है जैसे कि Poco F1, MI8, MI 8, MI एट MI Mix 3 ये जो डिवाइस हैं ये इन डिवाइसों को सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा यानी कि इसका फास्ट बैच होगा इस अपडेट को जो बीटा बीटा टेस्ट होगा, होगा, होगा, मतलब अपडेट जो जो जो इन डिवाइस को पहले और ये जो होगा, ये आयोज का यू है उसके लिए उसके साथ लगभग सेम ही होगा ये यहाँ पर उन्होंने मेन्शन किया है यहाँ पर दोस्तों जो लिस्ट है जिसमें एम आई का अपडेट मिलने वाला है उसका लिस्ट यहां पर साउंड वालों ने उपलब्ध किया है जो आपको मैं बता देता हूं पहले है साउमी एम आई मिक्स टू पोको एफ वन रेडमी नोट सिक्स प्रो रेडमी नोट फाइव प्रो रेडमी नोट फाइव रेडमी नोट फोर रेडमी नोट सिक्स प्रो रेडमी नोट सिक्स सॉरी रेडमी सिक्स रेडमी सिक्स ए रेडमी फाइव रेडमी फाइव ए रेडमी फोर रेडमी वाई टू एंड एट लास्ट जो है एम आई मिक्स टू इन सब डिवाइसेस को आपको में आपका जो है एम आई वाई का अपडेट उपलब्ध करवाएंगे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और जितना से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए मेरे चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये ऐसे वाला नया न्यूज़ ऐसे वाला नया वीडियो आपके सब्सक्राइब के इंस्पायर हो के मैं आरोप भी बना सकूँ थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों जय हिंद